हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आई होप आप अच्छे होंगे जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए वीडियो कंटेंट लेकर के आता रहता हूं तो वैसे ही आज एक कंटेंट मैं और लेकर के आया हूं फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते ही हैं तो हमारे पास एक फ़ोन है तो मैं यहीं से आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास एक फ़ोन है ज यहाँ पे एक रेडमी का सेवन मॉडल है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडमी का सेवन मॉडल है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉए आपको अगर दिखाई दे यहाँ पर फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखेंगे आप तो लिखा हुआ है जो सिस्टम हैज़ बिन डिस्ट्रॉय मतलब ये इन इनकेस इसके सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो चुका है तो जैसे पावर की करेंगे तो फोन हमारा ऑन ऑफ हो जाएगा पर हम फिर से अगर पावर भी पावर बटन को हम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे हमने पावर बटन को प्रेस किया तो वापस से कोई बूट ना करके ऐसे ही चालू हो रहा है तो सिस्टम डिस्ट्रॉय लेकर के एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर मैं आपको मैसेज दिखा दूंगा यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो आ रहा है तो उस हम सल्यूसन करने वाले हैं सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सोल्यूसन को करेंगे तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हमने यहाँ पे इसकी फ़ाइल डाउनलोड करके रख ली है दिखा देते हैं आपको ये देखिए हमने इसकी फाइल डाउनलोड कर ली है यहाँ पर ये आप देख सकते हो फाइल ये इमेज फाइल है और यहाँ पर फाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है फायर हाउस रूप भी हमारे यहाँ पे आ चुका है तो मैं सबसे पहले इसको हम करेंगे फ्लैश फ्लैश करने के बाद सारी चीजें हम स्टेप बाई स्टेप इसको हम देखने वाले हैं तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड तो हम ये जो आपके पास कभी ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप बहुत ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो फोन को आपको डिसम्बल कर लेना है प्रॉपर तरीके से क्योंकि फोन फ्रेंड्स इसका जो टेस्ट पॉइंट है पीछे होता है मैं यहाँ पर इसके टेस्ट पॉइंट को तो मैं फोन को डिसम्बल कर लेता हूँ फिर आपके साथ कंटिन्यू में बना रहूँगा तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने फोन को कनेक्ट कर दिया है मैं लास्ट में इसकी एक टेस्ट पॉइंट भी दिखा दूंगा तो फोन को हमने फोन खोल करके डिसेंबल करके ये देख सकते हैं कॉल कम का नाइन पोर्ट बना लिया है फ्रेंड अब यहां पे हमें खोलना है क्यूसी फायर तो हमने यूएमटी को लगा दिया है और हम करते हैं क्यूसी फायर और क्यूसी फायर पर मैं एक वीडियो भी देने वाला हूँ आपको क्योंकि जो उसका अपडेट आ चुका है सिक्स उसके बारे में भी अपडेट आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ बहुत जल्द मैं अपडेट भी दूंगा आपको तो क्यूसी फायर में हम सारा चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप हमने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है कनेक्ट करने के बाद देखेंगे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी कोई एरर्स आते हैं तो मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने यहाँ पे करने वाला हूँ तो ये हमारा फ़ोन है आ, हमारा ये क्यूसी फायर का खुल चुका है अब हमें सीधा केवल प्रोग्राम पर टिक करना है और थ्री डॉट पर जाना है फ्रेंड थ्री डॉट पर जाने के बाद जहाँ पर हमने फॉर्मवेयर को रखा हुआ है वहाँ पर हमें जाना है तो हम यहाँ पर जाते हैं इमेज और यहाँ पर केवल रॉ को हमें दे देना है तो यहाँ पे फ्लैसिंग इेबल इन प्रोग्राम तो ये देख सकते हैं हमारा एक कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है हमारा यहाँ पे सारा कुछ लोड हो चुका है अब हमें simple ही कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स और हमें केवल और केवल फ्लैश पे क्लिक कर देना है तो ये हमारी फ्लैसिंग अब देखते हैं कि कोई इसमें एरर आता है कि नहीं आता है हमारा कनेक्ट हो चुका है फ़ोन हमारा कनेक्ट हो चुका है फाइंड हो चुका है यहाँ पे हमारा लोडर भी सेंडिंग लोडर भी डन हो चुका है और अब कोई एरार आता है जैसे सिस्टम में एर आता है या फिर मॉडल में एरर आता है या फिर यूजर डाटा में एर आता है या कहीं भी इनकेस एर आता है तो सारा चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं और डिटेक्टिव चीफ यहाँ पे सारा चीज हमारा ये कनेक्ट हो चुका है और ये देख सकते हैं फ्लैश पर जहाँ पे आपने शुरू में मैं अभी दिखाऊंगा कि यहाँ पे ऑथ जो था उसको स्किप कर दिया है फोन को क्योंकि ये पहले ऑनलाइन फ़ोन था अभी ऑफलाइन सारा चीज़ क्योंकि इस टूल में काफ़ी सारा लोडर डला हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे तो मैं अभी ऊपर आपको दिखाऊंगा कि फ्रेंड्स इसमें जो औथ था औथ हमारा देख सकते हैं वो स्किप हो चुका था और ये सारा चीज़ अभी सिस्टम की फाइल यहाँ पर जा रही है फ्रेंड तो आई होप ये आपको मैं प्रॉपर वे में जितना हो सकता है उतना नॉलेज दे सकता हूँ और ये आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ तो सिस्टम की फाइल राइट हो रही है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूँगा और जैसे ही थोड़ा सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो मैं वीडियो को फिर से कंटिन्यू करूँगा तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम की फाइल लगभग लगभग लग लग लग लग राइड हो रही है राइड हो जा रही है उसके बाद हम देखेंगे कोई एरर अभी तक तो नहीं आया फ्रेंड्स क्योंकि मैं लाइव ही कर रहा हूँ सारी चीज़ें तो अब इसके बाद देखते हैं सिस्टम के बाद यूज़र डाटा कैश और ये सारी फाइलें जब राइट होंगी तो देखते हैं अगर एरर होता है या एरर कुछ आता है तो हम सारा चीज़ लाइव करने वाले हैं आपके सामने 90 थ्री परसेंट हो गया है वेंडर जा रहा है वेंडर जाने के बाद वेंडर जाने के बाद हमारे यूज़र डाटा की फाइल भी राइट होगी तो ये सारा चीज़ यहाँ पर जा रहा है फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा कि तो प्लीज़ हमारे चैनल को स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन जरूर दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले आप हमारे स्मार्ट टेलीकॉम चैनल में और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप उसमें जाइए और उसमें वॉच करिए तब जाके आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर ये हमारा वेंडर राइट हो रहा है वेंडर राइट होने के बाद क्योंकि मैं लाइव ही हूँ कोई थोड़ी सी बड़ी वीडियो है तो आप उसको स्किप कर सकते हो फाइनली देखेंगे कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ हम इसलिए फ्लैस कर रहे हैं क्योंकि आपको ये दिखा रहे हैं एक लास्ट में चीज़ और भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो ऑनलाइन वाले फ़ोन तो यहाँ पे देखिए हमारा वेंडर भी डन हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें और अब बस यूज़र डाटा भी राइट होगा सारी चीज़ें यहाँ पे सिक्सटी टू हो चुका है कम्प्लीट हो चुका है हम यहाँ पे लाइव ही कर रहे हैं और आपको जितना हो सकता है उतना दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और 87 हो चुका है कंप्लीटली फ्रेंड्स देखिए यूज़र डाटा भी राइट हो रहा है मतलब कोई भी एरर नहीं हुआ तो मतलब ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट था अगर यहाँ पे इसमें जो भी कंडीशन बनती, तो बनती अगर क्लैसिंग के टाइम पर जो कंडीशन बनती अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि कोई एरर आता तो मैं वो भी एरर को आपको एक्सप्लेन करता तो बाकी सारी चीज़ें अगर आपको फुल डीपली में नॉलेज चाहिए तो आप इसे टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करें जिसमें आपका इन फ्यूचर आप जो काम कर रहे हो एक सही वे में काम कर पाओ तो यहाँ पे आ, देख सकते हो आप सारी चीज़ें यूज़र डाटा राइट हो रहा है तो जैसे ही राइट हो जाएगा फ़ोन हमारा रिबूट हो जाएगा और रिबूट होने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ हम तो ये चीज़ लाइव भी करेंगे और लास्ट में आपको दो चीज़ें दिखाऊँगा मैं यहाँ पे पहली चीज़ इसका टेस्ट पॉइंट दिखा दूंगा और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे उसका दिखा दूंगा कि क्या चीज़ जो शुरू में फ्लैश हुआ था और क्या स्किप हुआ था क्योंकि ये जो ये देखिए फ्लैशिंग डल हो चुका है हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली फ़ोन हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा पर मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे देखिए ऑथ यहाँ पर डिसेबल कर दिया था ऑर्थ डिवाइस यहाँ पे देखे ऑथ सर्वर तो ये एम वालों ने बहुत अच्छा ये यू का बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो ये फोन हमारा कम्प्लीटली फेस हो चुका है अब मैं यहाँ पे देखिए डाटा केवल लगा हुआ था मैं डाटा केवल को निकाल दे रहा हूँ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये दो टेस्ट पॉइंट है सिर्फ मेरा जो नीचे घर गया है तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है तो मैं इसका आपको टेस्ट पॉइंट दिखा देता हूँ फ्रेंड्स इसका टेस्ट पॉइंट जो है आप अगर देखेंगे तो ये जहाँ पर मैं हाथ रख रहा हूँ वहाँ पर दो टिप्स है आपको दोनों टिप्स को टच करना है और आपका बन जाएगा तो मैं फ़ोन में बैटरी लगा देता हूं और फोन को करते हैं ऑन ये देखिए फर्स्ट जो हमारा फोन तो ऑन हो गया किसी प्रकार का डेड नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ मैं आपके सामने इसलिए लाइव कर रहा हूं कि फ्रेंड जैसा कि आपको समझ में आए तो ये फाइनली फ़ोन तो ऑन हो चुका है और जैसे ऑन होता था तो सिस्टम डिस्ट्रॉय करके एक मैसेज आ रहा था ये फोन वही है जो कि मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ तो so, फाइनली ये देख सकते हैं फ्रेंड बूटिंग प्रोसेस में हो गया ये एम आई ओ वाई लिखने लगा है मतलब ये बूट करने लगा है फर्स्ट uh, बूट हुआ सेकेंड बूट भी करने लगा है तो ये फ़ोन फाइनली ये देख सकते हैं एम आई यू वाई ये प्रॉपर जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड तो इसको हमने क्या किया कि सिंपल सा फाइल डाउनलोड करके ये जो फ़ाइल थी इसकी फाइल हमने डाउनलोड किया और फाइल डाउनलोड करके हमने फ्लैश कर दिया तो जो है इसमें काम हंड्रेड परसेंट जॉपडर्न हो गया तो अगर कोई एरर आता तो एरर के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं पर एरर कुछ भी नहीं आया ये तो वापस सामने लाइव ही कर रहे हैं सारा चीज ये थोड़ा सा बूट होने में टाइम लगेगा फ्रेंड जैसे ही चालू हो जाता है तो मैं आपको प्रॉपर वे में करके दिखा देता हूं तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं फोन हमारा जॉब डाउन हो चुका है ये हमारा जो प्रोसेस था वो कम्प्लीट हो चुका है ये फोन ऑन हो गया है तो ये फोन में अगर एफ वगैरह लगी होगी तो मैं इसकी एफ बाईपास भी आपको दिखाऊँगा तो ये देख सकते हैं फाइनली ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है फ्रेंड तो आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्मार्ट टेलीकॉम को जिसमें आपको नए अपडेट्स मिलेंगे तो आई होप ये देखिए जो हमारा प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है आपके सामने में लाइव किया हुआ है तो थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बट सब्सक्राइब ना थैंक यू